कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने 350 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की है जो भोपाल से बुरानपुर तक जाएगी आरिफ मसूद की इस पदयात्रा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये यात्रा 20 नवम्बर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी विधायक आरिफ मसूद की पद को ग्रीन सिग्नल देने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में परिवर्तन की लहर लेकर आई है आरिफ मसूद की पदयात्रा 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी मसूद पदयात्रियों के साथ राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और उन्हें संविधान के प्रति भेंट करेंगे अलग अलग, अलग जिलों में कांग्रेस विधायक पदयात्रा निकाल रहे हैं वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में प्रतिदिन एक लाख ऐसी ज्यादा अधिक कार्यकर्ता चलेंगे जो तो हमला हो रहा है हमारे देश की संस्कृति पर इसीलिए आवश्यकता पड़ी और राहुल जी की तपस्या त्याग और मेहनत हजारों किलोमीटर चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक और जो आज आम जनता में मैं खुद गया था कर्नाटक जो तो आम जनता में उत्साह है जोश है मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा और आपका जोश भी देखकर आपका जोश भी देखकर मुझे खुद शक्ति और बल मिलती है आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मैं यात्रा में नहीं जा रहे आप कोई सेवा के यात्रा में जा रहे